हेलो गाइस गाइस वेलकम माय चैनल स्मोकिंग ऑफ जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में, को में, में, में हम ये भी कि हम अपने पाइथन के कोड को कैसे लिखते और रन कराते हैं गाइज उस ऑनलाइन आई डी को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पी सी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है तो गाइज हमने अपने पीसी में जल्दी से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले कर लिया है उसके बाद हम सर्च बार में आके हम लिखेंगे रेपलेट डॉट कॉम आर ई पी एल आई टी रेपलेट डॉट कॉम गाइज लिखने के बाद हम इंटर प्रेस कर लेंगे इंटरप्रेस करने के बाद कुछ हमें इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा जिसमें हम सबसे ऊपर लिंक को पढ़कर कर एप्लेट डॉट कॉम वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे गाइस क्लिक करने के बाद हमें हमारा कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा गाइस उसके बाद हमें स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का प्रिव्यू देखने के लिए मिलेगा गाइज आप जैसे भी उसमें आई बनाना चाहते हैं इसमें बना सकते हैं मैं अपने गूगल अकाउंट्स ओपन करूंगा। गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारी आईडी कुछ इस प्रकार खुल के दिखेगी उसके बाद से हमें इसे यूज करने के लिए क्रिएट पर क्लिक करना है क्रिएट पर हम क्लिक करने के बाद हमें हम पाइथन पे यूज कर रहे हैं इसलिए हम पाइथन पर क्लिक करेंगे पाइथन पर क्लिक करने के बाद हमें क्रिएट रेपल पर क्लिक करना है क्रिएट रेपल पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की प्रिव्यू देखने के लिए मिलेगी जिसमें हम इस वाले पोर्शन में हम अपने कोड को लिखेंगे तथा इस वाले पोर्शन में हम अपने कोड के आउटपुट को देखेंगे गाइस चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने कोड को लिखने के बाद हम कैसे इसमें अपने आउटपुट को देखते हैं और कैसे रन कराते हैं गाइस सबसे पहले हम अपना कुछ कोड लिखेंगे जैसे मैंने लिखा गाइज हमने टू प्लस को प्रिंट करना चाह मतलब टू प्लस थ्री का एडिशन क्या होता है गाइज हम यहाँ अपने कोड को लिख दिया उसके बाद से हम यहाँ ऊपर रन पे क्लिक करेंगे रन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ इस वाले पोर्सन में हमारा आउटपुट दिखेगा देखिए गाइज यहाँ दिख रहा है टू प्लस थ्री इज क्वाल मतलब टू प्लस थ्री का आउटपुट हमें फाइव मिला तो गाइज आज हमने ये जाना कि हम रेपल का कैसे यूज करते हैं तो गाइज रेपल का यूज ऐसे ही होता है तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें थैंक यू